मध्य प्रदेश में भाई वेलफेयर सोसाइटी 18 सितंबर को विवाह विच्छेद समारोह का आयोजन करने जा रही है जिसका अब विरोध शुरू हो गया है संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि विवाह विच्छेद समारोह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है प्रशासन इसको रोकने के प्रयास करें नहीं तो संस्कृति बचाव मंच इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा मध्य प्रदेश में भाई वेलफेयर सोसायटी का विवाह विच्छेद समारोह इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है इस कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र को इंटरनेट मीडिया पर साझा किया जा रहा है अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है हिंदू संगठनों ने इसे संस्कृति के खिलाफ बताया है संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी दी और कहा विवाह समारोह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है प्रशासन को शीघ्र इस पर रोक लगानी चाहिए पानी ग्रहण संस्कार सोलह संस्कारों में से एक संस्कार है उसका कोई विच्छेद समारोह आयोजित नहीं हो सकता संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने भाई वेलफेयर सोसाइटी के विवाह समारोह पर अपनी आपत्ति जताई साथ ही चेतावनी दी कि अगर यह आयोजन किया जाएगा तो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तिवारी ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भाई वेलफेयर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है उन्होंने कहा हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ किसी भी प्रकार का आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा संस्कृति बचाव मंच भाई वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित विवाह विच्छेद समारोह का विरोध करता है संस्कृति बचाओ मंच ये चेतावनी देता है कि इस प्रकार का अगर आयोजन होगा तो संस्कृति बचाओ मंच वहाँ पर प्रदर्शन करेगा हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि जो भी सौरभ करके इसके आयोजन करता है उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और भाई वेलफेयर सोसायटी की जाँच की जाए जो की भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं